ग्राहक बनकर दिनदहाड़े ज्वेलरी शोरूम से लाखों की चोरी करके फरार चल रहे आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है यह गिरोह ग्राहक बनकर ज्वेलरी की दुकान में पहुंचते और जीवरात पार कर देता था इसी तरह ये गैंग शादी समारोह में भी चोरियां करता रहा है हरिद्वार में आशा ज्वेलरी शोरूम से चोरी करके फरार चल रहे गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है ये शातिर चोर गिरोह ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था इसके साथ ही ये इसी तरह शादी समारोह में भी शामिल होकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे इनके साथ इस ग्रोह में महिलाएं भी थी जो दुकान में चोरी के समय दुकानदार को उलझा कर रखती थी और बाकी आरोपी घटना को अंजाम देते थे एस स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा की ये सभी आरोपी पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं हरिद्वार के ज्वेलरी शोरूम में हुई घटना के बाद पुलिस को इनकी काफी दिनों से तलाश थी इन्हें अब गिरफ्तार कर लूट की ज्वेलरी भी बरामद कर ली गई है वहीं गिरोह की दो महिलाओं की अभी तलाश जारी है वो अपनी शॉप को छोड़ के गया था अपने बेटे को वहाँ पे बैठाया था तो बताया गया कि पांच लोग आए थे तीन पुरुष और दो महिलाए और आके ज्वेलरी दिखाने के लिए बोले एक ग्राहक की तरह आए थे ज्वेलरी जब दिखाई गई तो उसमें से कुछ ज्वेलरी वो गायब कर दी और जब वापस आए तो शॉपकीपर को पता चला कि ये ज्वेलरी गायब हो गई है इस सूचना को लेके जब थाने पे आए तो थाने से फिर एक टीम का गठन किया गया और जितने भी सीसीटीवी सी फुटेज वगैरह उसको चेक किया गया तो ये संज्ञान में आया कि ये लोग गाड़ी से आए थे और उस गाड़ी को ट्रेस करते हुए जब देखा गया तो जो अभियुक्त हैं वो ट्रेस हो गए फिर अभियुक्त फिर से क्योंकि इनका जो ये थे इस तरह की घटना करने के लिए वेस्टर्न युग में लगभग 18 घटनाएं ये कबूल किए हैं बाकी इन पूछताछ की जा रही है कि और कौन कौन सी घटना की है मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है